मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं दिनांक 2 मई के दैनिक राशिफल में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा याम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए ऐसा हमने इसलिए बताया क्योंकि तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी आपके राशिफल किस पर आधारित है तो हमने बताया जो है मतलब उन्हीं के ज्ञानार्जन के लिए कि ये राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों पंचांग पर आगे बढ़ें तो उससे पहले बताना चाहेंगे हमारा जो प्रस्तुत पंचांग है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है और सारी प्रभावी गणनाएं जो हैं ये लखनऊ क्षेत्र से ही जो है प्रभावी होंगे। दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख और इस समय उत्तरायण चल रहा है परिधावी नामक का संवत्सर चल रहा है और बसंत ऋतु है बैसाख मास है कृष्ण पक्ष है और चैत्र कृष्ण पक्ष की जो तिथि है दर्शकों देखिए द्वादशी तिथि सुबह दो बजे तक की रहेगी उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि रहेगी हमने आपको तमाम चीजें बताई थी कि जो है द्वादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए त्रयोदशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए नक्षत्र जो रहेगा उत्तरा भाद्रपद है इसके उपरांत त्रयोति नक्षत्र रहेगा और योग सुबह साढ़े पांच बजे तक कि उसके योग लगेगा। रहेगा तैल रहेगा चंद्रदेव का आज जो गोचर रहेगा मीन राशि में रहेगा सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर चौवालीस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की बात करें तो शाम छह बजकर छियालीस मिनट पर सूर्योदय होगा राहुकाल की बात करते हैं तो गुरुवार का जो दिन रहता है गुरुवार को जो राहुकाल रहता ये दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक की रहता है तो इस दौरान आपको शुभ कार्यों को करने से बचना रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना हो तो विजय मुहूर्त में कीजिए बारह बजकर चौबीस मिनट से बारह बजकर अड़तालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त का रहेगा इसमें आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे त्रयोदशी तिथि के बारे में हमने कल आपको बताया था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए और चतुर्दशी जो तिथि होती है इसमें शहद बिल्कुल भी त्याज होता है मनाही होती है ना आप शहद का दान दे सकते हैं ना आप शहद को खा सकते हैं बस शहद का प्रयोग आप पूजा पाठ में जरूर कर सकते हैं एक बात और चाहेंगे दिशा पे आ जाते हैं तो गुरुवार को जो दिशाशूल दिशा को रहता है ये दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अभी यदि करनी पड़ जाए तो क्या करना होगा तो सबसे पहली चीज तो एक हल्दी की गाठ अपने पॉकेट में रख लीजिएगा दूसरा दही खा करके और जो है थोड़ा सा आप उसमें गुड़ खा करके तब यात्रा कर सकते हैं पानी पीने के उपरांत आप घर से निकल निकलिए लेकिन दक्षिण दिशा की ओर चूँकि दिशाशूल रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि पांच कदम पहले आप उत्तर दिशा की ओर चलिए फिर दक्षिण दिशा की ओर आप यात्रा करिएगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग हमने आपको पहले पूर्व में बताया कि पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण अब आगे बढ़ते हैं राशिफल पर मेज से लेकर के मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन सभी के लिए जो है विशेष उपाय क्या रहेंगे शुभ कलर शुभ अंक क्या रहेंगे इस पर दृष्टि डालेंगे लेकिन दर्शकों आप लोगों को आवश्यक सूचना यह देनी है कि दिनांक 18 मई से और 23 मई तक के गुजरात आगमन हमारा जो है मतलब हो रहा है सारी टिकट्स वगैरह फ्लाइट्स की हमारे कंफर्म हो चुकी है तो जितने भी दर्शक हैं आप लोग स्वागत है आपका गुजरात में और आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए मेष राशि की ओर चलते हैं तो मेष राशि के जातकों को आज यहाँ पर हम सलाह देना चाहते हैं कि आज जितनी ज़्यादा हो आज यात्राओं को इनको टालना बेहद ज़्यादा जरूरी है अन्यथा कोई दुर्घटना के लोग शिकार हो सकते हैं मेष राशि के जातकों के सामने आज अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे कि किसी व्यक्ति से आज मेष राशि के जातकों का आकार कोई विवाद हो सकता है लेन में जल्दबाजी करने की भूल मत करिएगा चिंता तथा तनाव आज रहेगा आज आपके व्यापार में जो है कुछ आ, क्या कहते हैं रुकावट आती हुई नजर आएगी व्यापार आज आपका ठीक से नहीं चलेगा नौकरी में आज आपका कार्यभार जो है कुछ आ, बना रहेगा आज आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे शाम तक की जो आपकी इनकम है ये आपको अच्छी मिलती हुई दिख रही है तो मेष राशि के जातकों आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप देखिए शहद जो है ले लीजिएगा शहद आप खा नहीं सकते हैं लेकिन चढ़ा सकते हैं तो शिवलिंग पर आज आपको शहद से अभिषेक करना रहेगा इससे लक्ष्मी प्राप्ति आपको होगी। दूसरा आपको जो है प्रयोग करना यह रहेगा कि घर से निकलने से पूर्व हल्दी की गाच जरूर अपने पॉकेट में रखिए आपके शुभ कलर की बात करते हैं तो आज येलो कलर रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक आठ आज, आज आपका शुभ अंक रहेगा वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो शारीरिक कष्ट की आशंका व्यक्त की जा रही है वृषभ राशि के जात आपके लिए आज आप अपनी कीमती वस्तुएं संभाल कर रखिएगा व्यर्थ खर्च होंगे जीवन साथी के बारे में चिंता गी और आज जो आपके बैलेंस हैं जिनको आपने उधार दिया है अभी तक आपको नहीं मिल रहा है तो उनसे कुछ आग वसूली करते हुए नजर आएंगे और ये प्रयास आपका सफल रहेगा आज के दिन आपकी व्यवसाय की यात्राएँ सफल रहेंगी नया काम करने का जो मन बना रहे हैं उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे शाम तक के कुछ धन लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ राशि के जातकों को तो आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए आपके लिए आज का जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर जो शुभ अंक आपका रहेगा ये रहेगा तीन मिथुन राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो राज्य पक्ष से सत्ता पक्ष से सरकार पक्ष से आज आपको कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है आज कोई नई योजनाएं मिथुन राशि के जातक बनाएंगे और इनको अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे सामाजिक कार्य करने का मन रहेगा आज आपका और करते हुए नजर आएंगे कोई शुभ और नया कार्य आज आप प्रारंभ कर सकते हैं तमाम लाभ के अवसर आज, आज आपके हाथ में आएंगे नौकरी में आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे भाइयों का सहयोग मिलेगा शेयर मार्केट में किसी प्रकार का यदि आप जोखिम ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला असर रहने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ओम नमो नारायण इस मंत्र का यथा संभव जाप करिए और यदि हो सके तो आज के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करिए आपके लिए जो शुभ कलर आज रहेगा ये रहेगा ब्लू कलर शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका सर्वथा शुभ अंक रहेगा कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा है कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो कर्क राशि के जातकों आज सितारे सलाह दे रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा आज आपके नए मित्र बनेंगे सुख के साधनों पर आज आपका व्यय होगा धर्म कर्म में आज आपकी रुचि जगेगी कोर्ट व कचहरी के कार्य में आज आपको अनुकूलता प्राप्त होगी यदि कोई फैसला आने वाला है तो कर्क राशि के जातकों के पक्ष में आता हुआ दिखेगा धन का मार्ग सुगम होगा घर और बाहर आज कोई मांगलिक उत्सव में या धार्मिक कार्यों में आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे किसी से बात विवाद मत करिएगा किसी से झगड़ा मत करिएगा उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो कर्क राशि के जो हमारे सभी सम्मानित दर्शक हैं इनको करना ये रहेगा कि आज ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और जल में आप दूध डाल करके एक, एक चम्मच दूध डाल दीजिएगा उसके बाद स्नान करिएगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये वाइट रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका सर्वथा शुभ अंक रहेगा कर्क के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है भाई ये तो सिंह राशि के जातकों व्यापार से कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है लेन देन में जल्दबाजी ना करिएगा वाहन व वा मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही से शारीरिक हानि हो सकती है किसी बात को जो है किसी विवाद को आप बढ़ावा मत दीजिएगा और अपनी वाड़ी पर आज आपको जो है काबू रखने की आवश्यकता है संयम रखने की आवश्यकता है चिंता तथा तनाव आज आपके मन में बहुत ज्यादा रहेगा भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखिएगा और आवेश में आकर के किसी को कुछ कहिएगा नहीं स्टूडेंट्स के लिए भी समय मिलाजुला रहने जुला है तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप शिवलिंग पर जल में हल्दी डाल करके तब आप लोग अर्पण करिए और यदि हो सके तो पुरुष सूक्त का आप लोग जरूर पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर की बात करते हैं तो रेड रहेगा शुभ अंग की बात करते हैं तो अंक सर्वथा शुभ अंक रहेगा कन्या राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा दिन तो कन्या राशि के जातकों आज आपको कोई बैड न्यूज मिलती हुई बुरी खबर मिलती हुई नजर आ रही है कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति कुछ आपको जो है अनुकूल होती हुई दिख रही है दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा व्यापार व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग आज, आज आपको मिलेगा आज आपके लिए निवेश शुभ रहेगा लेकिन यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं कि आपको जोखिम किसी भी प्रकार का नहीं लेना है इसके साथ साथ कन्या राशि के जातकों को आज कुछ धन लाभ होता हुआ रहा है। व्यापार आज इनका बहुत अच्छा चलेगा। उपाय के के तौर पर करना क्या रहेगा? कन्या कन्या राशि राशि जातकों को तो को अगरबत्ती सुगंधित इत्र या सुगंधित धूप का आप लोग दान करिए और धर्म स्थान की सफाई आप लोग जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा येलो शुभ अंक की बात करें तो अंक छु रहेगा बढ़ते हमारी अगली राशि लिप्रा अर्थात तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो तुला राशि के जातकों अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा आज आपके विरोधी शक्ति रहेंगे व आप पर हावी रहेंगे पारिवारिक चिंता कुछ आपकी बनी रहेगी भूमि व भवन इत्यादि के कार्य से आज आपको लाभ होता हुआ व धन आता हुआ दिख रहा है आज यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की जो समस्या है ये दूर होती हुई दिख रही है बस सतत प्रयास करने की जरूरत है आज आपके कारोबार में वृद्धि होगी कुसंगति से बचिएगा आज आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको केसर और चंदन मिक्स करके मस्तक कंठ और नाभी पर आपको तिलक लगाना रहेगा दूसरा आज आप कोशिश कीजिए कि चने की दाल और गुड़ ये आप लोग गाय को अवश्य खिलाइए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ की बात करें तो तो अंक अंक है आपका शुभ रहेगा। रहेगा तुला के के बाद हमारी राशि आती वृश्चिक। कैसा रहेगा आज का दिन इस के लिए? तो किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट चाहे वो आपको वायरल फीवर हो चाहे वो जुखाम हो फिर चाहे वो ज्वाइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, होता हुआ दिख रहा है आज आपको बेचैनी रहेगी अपनी कीमती वस्तुएं संभाल कर रखिएगा आज आपका ऑफिस में कार्यक्षेत्र में विरोध होता हुआ दिख रहा है शाम तक की कोई मांगलिक उत्सव में जो है आपको सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है यात्राओं का योग है और ये यात्राएं लंबी दूरी की होंगी वृश्चिक राश के जातकों को संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होती हुई दिख रही व्यापार में आज आपको मुनाफा होगा लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा वृश्चिक राशि के जातकों को उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज पीपल के वृक्ष में पीपल के वृक्ष में आज आपको जल में हल्दी डालकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करना रहेगा दर्शकों देखिए शनि वक्री हो चुके हैं तीस तारीख से उस पर हमने एक वीडियो बना दिया आप लोग जा करके देख सकते हैं शनि कार्बन डाईऑक्साइड है सीओ आप जानते हैं ना सी एक प्रकार की गैस होती है तो शनि कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन यदि आप पीपल की आराधना करेंगे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन बैलेंस करेगा तो उसको पीपल का पौधा करेगा क्यों करेगा क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 100 परसेंट ऑक्सीजन 24 घंटे जो है छोड़ता है तो करना क्या रहेगा पीपल के वृक्ष की सेवा सेवा करिए अभी भी यदि आप नहीं देखिए पीपल और बरगा दो ऐसे वृक्ष हैं जो शनि के प्रकोप से आपको बचा सकते हैं तो पीपल वृक्ष की आप लोग सेवा करिए अधिक से अधिक सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक पीपल का पौधा आप लोग जरूर लगाइए तो वृश्चिक राशि के जात को आपके लिए शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा पाँच धनु राशि की ओर चलते हैं कल के राशिफल में धनुराशि मिस हो गई थी तो आप लोग उसे क्षमा चाहते हैं धनुराशि के जात आज देखिए आपकी वाड़ी पर आपको संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपका कोई भी कार्य समय से नहीं होगा तो मन आपका बड़ा कुंठित होगा बड़ा जो है द्रवित होगा कोई बैड न्यूज आज आपको मिल सकती है कोई पुराना रोग उगर उभर कर सामने आ सकता है वाड़ी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचिएगा आज आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा उच्चाधिकारियों से धन लाभ आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कोई नई टास्क कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलती हुई दिख रही है आज कोई नया वाहन भी आप लोग क्रय करते हुए नजर आएंगे आज आपका बजट असंतुलित होता हुआ दिख रहा है धनु राशि के जात को उपाय क्या करना रहेगा कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज आप लोग जो है धर्म स्थान पर जाइए और सफाई करिए अपना जो है श्रमदान वहाँ पर दीजिए आपके लिए शुभ कलर की बात करते हैं तो आज आपके लिए येलो कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो नौ नंबर आपका सर्वथा शुभ रहेगा बढ़ते हैं हमारी अगली राशि मकर राशि कैप्रिकॉन कैसा रहेगा आज का दिन तो कैप्रिकॉन के जातकों आज स्वास्थ्य आपका कमजोर होता हुआ दिख रहा है कार्य के प्रति कुछ चिंता आज आपकी ज्यादा रहेगी सुख के साधनों पर व्यय होगा थोड़े प्रयास से ही आपकी कार्य सिद्धि होगी कार्य प्रणाली की आपके प्रशंसा होगी रिश्तेदारों और मित्रों का सहयोग आज आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे आज आपके आएं आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है इसके साथ साथ जो मकर राशि के जातक हैं हमारे इनके संतान को लेकर के यदि ये उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं बाहर भेजने के लिए तो आज को एक गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो वही भगवान विष्णु वही एक पालनहार हैं तो विष्णु सहस का पाठ आप लोग भी करिए और कोशिश कि आज के दिन आप लोग नमक का सेवन ना करिए, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो चाहे वो व्हाइट सॉल्ट हो कोई भी प्रकार का नमक आपके ब्लड में नहीं घुलना चाहिए तो ये प्रयोग करिएगा आपके शुभ कलर की बात करते हैं तो आज स्लेटी कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक चार आपका शुभ रहेगा कुंभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन एक्वायर्स के लिए लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को फिर बता दें कि 18 से लेकर के 23 मई गुजरात में मिलना आप लोग मत भूलिए यदि आप गुजरात से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाइए तो आप लोगों का स्वागत रहेगा क्योंकि दर्शकों जहाँ समस्या है वही समाधान है और हमारे और हर एक व्यक्ति समस्या से ग्रसित रहता हम यहाँ आप क्या हम भी यहाँ रहते हैं तो हम भी उपाय करते हैं तो दर्शकों बताना चाहेंगे कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है और इसी समस्या का समाधान लेकर के अब सभी दर्शकों के बीच गुजरात में हम 18 से लेकर के 23 मई तक आ रहे हैं तो कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं आज दूरस्थ देशों से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है सुख के साधनों पर आज आपका व्यय होगा आज आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी परिवार के वरिष्ठ जनों को लेकर के कुछ चिंता आपके मन में रहेगी आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई आज दिख रही है आज आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आज आपके आ सकते हैं और वो व्यक्ति आप भविष्य में आपको बहुत बेनिफिट देगा बहुत लाभ देगा आज कोई पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है गपशप हो सकती है बात हो सकती है अविवाहित लोगों के लिए आज कोई नया विवाह का रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। उपाय दूसरा शिवलिंग पर एक पान का पत्ता एक सुपारी और उसमें एक लौंग और इलायची रखकर चढ़ा दीजिएगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छह आप का शुभ अंक रहेगा रहेगा हमारी अंतिम राशि राशि राशि मीन मीन आ रही है कैसा मीन के के जातकों व्यवसाय यात्राएं सफल रहेंगी शेयर मार्केट व्यूचुअल फंड से आज आपको लाभ होगा पूर्व में किए गए निवेश आज आपको अथाहबंधी मामलों में विजय मिलती हुई नजर आएगी आज विदेशों से जो व्यापार जो है कर रहे हैं उनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आज पार्टनरशिप में किए गए कार्य आपके सफल होते हुए नजर आएंगे करना क्या रहेगा उपाय क्या करना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि केसर का सेवन आज आप अधिक से अधिक करिए और केसर का तिलक मस्तक जिब्भा ना भी इन तीन जगह आपको लगाना रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आपको करना रहेगा और यदि गाय मिल जाए गौ माता मिल जाए तो उनको चने की दाल और केला ये जरूर आप खिलाइए आपके शुभ कलर की बात करते हैं तो पीला रंग येलो कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक एक आपका सर्वथा शुभ रहेगा तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे जितने सम्मानित दर्शक हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को उन्होंने लाइक जरूर किया होगा और इस, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाया होगा दर्शकों मिलते हैं अपने एक नए जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम में नए वीडियो में दीजिए प्रिंस ज्योतिष भाई इस मित्र को इजाजत तब तक के लिए नमस्कार